शिव दाता नहीं पीरा जेरा भगतानी शन देव का बिल्कुल मिठी मिठी के साथ हम सभी बोले ना आपके इस दरबार में गुणगान करते हैं जी अकड़ बम बबंब रे नौकरण रात देरी तुम कम में तुम्हारा फेरी रे ढोकरा ये तुम्हारा फेरी समझ पकड़ो अति ओ शिव शंकर जब तक ये मेरी ढोकरा ढोकरा कर पम पम पम पम ढोकरा अंगड़ पम लहर जी रात री रात असवारी की बारंरी जी इस धरती पे हम आए हैं तो सभी अपने अपने तरीके से हाजरी लगा रहे हैं। वाले प्रेम जी साउंड बजा करके हाजरी लगा रहे हैं, हमारे म्यूजिशन म्यूजिक बजा करके हाजरी लगा रहे हैं, हमारे नृत्यकार नृत्य के माध्यम से हाजरी लगा रहे हैं, पर आप यूं बेटा हो जाने के ते नरेगा में काम करवाया हो जो है तगा मेर साहब के भरोसे बेटा हाजिरी पर जाए आपने बीच में मैं देसी निर्गुणी भी सुनूंगा हिंदी भजन भी सुनूंगा जरूरी है क्योंकि जब मेल मिले तो हो जावे जागरण का बेड़ा हो जावे जागरण का बेड़ा और अपने बीच में पाली की धरती से सोनू जी सिसोदा पदारे एक बार जोरदार तालियों से आशीर्वाद तो बिल्कुल मेरे साथ में सभी भोलेनाथ के इस भजन में तालिया बजाएंगे अकड़बम भोलेनाथा मुंगा मिला भावना में जहां तक भाव नहीं भावना बेकार है और भावना में अगर सच्चे भाव है तो भव से बेड़ा भव से बेड़ा देखो कोई नाराज उम्र घना जना गाज़ा चलम है गाज़ा चलम है तो कोई गुरु मत मान जो मैं तो भगवान आओ भगवान की बात अलग है अपन जो पीते हैं उसको नशा कहते हैं क्या कहते हैं और नशा नरक का वो ओ, वो भगवान भगवान ने जहर जहर अपन पी सकते हैं अभी जहर पी से कहाते यहां तक जय जय शंभु चिलम पीता तो भगवान को नाम लेला पता जेहर पी लो एक बार भगवान पियो है मित्र मिठी के साथ में हो मेरी पति रपियो सा Gada bum bum bum bum bum. Hey. Okay. Okay.